चीन ने कोरोना ने कोहराम मचा रखा है इस बीच मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन करवाने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में अब तक 13 करोड़ 35 लाख कोरोना डोज लगाए जा चुके हैं कोरोना संकट की आशंका के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का, का काम फिर से गति पकड़ रहा है कोविड वैक्सीनेशन स्टेट ऑफिसर डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया अभी एम में बूस्टर डोज एक अवेलेबल है पांच लाख बूस्टर डोज और केंद्र सरकार ऐसी डिमांड किए गए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में तेरह करोड़ पैंतीस लाख डोज अभी तक लोगों को लग चुके हैं देखिए प्रदेश में अभी विभिन्न स्टोरों में जिलेवार अगर हम बात करें तो एक लाख चालीस हजार के करीब हमारा डोज उपलब्ध है और अभी राष्ट्रीय जब वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वयं पाँच लाख डोज अतिरिक्त सप्लाई करने का डिमांड भी दी है भारत शासन को कोविड वैक्सीनेशन स्टेट ऑफिसर डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया अंठानवे फीसदी लोगों को प्रथम डोज सन्तानवे फीसदी लोगों को सेकंड डोज और बूस्टर डोज 60 वर्ष के ऊपर वालों को 40 प्रतिशत और 18 वर्ष से ऊपर 25 प्रतिशत युवाओं को लग चुका है शुक्ला ने बताया मध्य प्रदेश अभी तक एक भी वैक्सीन एक्सपायर या खराब नहीं हुआ है अभी तक 5 करोड़ 49 लाख हमें जो लक्षित आबादी थी प्रदेश की उसमें 60 से अधिक उम्र के 40 प्रतिशत लोगो ने टीकाकरण बूस्टर डोज ले लिया है जिसको प्रिकॉशन डोज भी कहते हैं और अगर आप पूछें कि 18 साल से अधिक उम्र के कितने नागरिक हैं, तो वो 25 प्रतिशत है जो उन्होंने अपने को सुरक्षा कवच प्राप्त कर लिया है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास ऐसी जुड़े मसले हर मसले का